कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता एक पत्थर तक तबियत से उछालो यार हाँ